डिंडोरी में पदस्थ एएसआई भूरे सिंह ने अज्ञात कारणों से घाना घाट के पास बने खेत में कुएं में फांसी लगा ली डिंडोरी एसपी संजय कुमार सिंह ने कहा कि संभवतः पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या के कारण ने कदम उठाया होगा पुलिस मामले की जांच कर रही है डिंडोरी जिला मुख्यालय के महिला थाना में पदस्थ एएसआई भूरे सिंह का शव खेत में बने कुए पर झूलता मिला है घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तील शुरू की डिंडोरी पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया है की एएसआई भूरे सिंह स्वयं की बाइक से से पहुंचे थे प्रथम दृष्टया कोई सुसाइड नोट मौके पर नहीं मिला है है संभावना जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद या व्यक्तिगत कारणों उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा जी एएसआई भूरे सिंह के द्वारा आज इसमें सुसाइड किया गया है ये चालक के रूप में महिला थाने और कुछ समय से ये मानसिक ग्रुप से काफी परेशान थे परिवार वालों के द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है और एक इनके खिलाफ कोई शिकायत भी प्राप्त हुई थी जिसकी जांच चल रही थी शिकायत की वजह से ही मैं मानसिक ग्रुप से काफी विचलित रहे होंगे और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है बारीकी से वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें